भोपाल में एक महिला एसआई ने चाइल्ड लीव मांगी तो थाने को फूलों और गुब्बारों से सजा दिया गया महिला एसआई को ली पर भेजने से पहले उनकी गोद भराई की रस्म निभाई गई इस मौके पर पूरे स्टाफ ने खुशियां मनाई गोद भराई रस्म में थाने के पूरे स्टाफ ने मायके की जिम्मेदारी निभाई चाइल्ड लीव में जाने से पहले महिला एस की गोद भराई की रस्म थाने में पहली बार निभाई गई पूरे थाने को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। ऐसे में करिश्मा ने टी आई अंजना ध्रवे को चाइल्ड लीव का आवेदन दिया था उन्होंने इसे मंजूरी दी और महिला थाने में गोद भराई रस्म भी करा दी तकर घंटे चले कार्यक्रम में पूरा स्टाफ करिश्मा का मायका बना रहा एसआई अंजना रघुवंशी ने मां बनकर उनकी गोद भराई की रस्म की आरक्षक प्रदीप शर्मा ने भाई बहन कर फलों से गोद भरकर रस्म पूरी की स्टाफ में शामिल पच्चीस महिला कर्मचारियों ने बहन सहेली और अन्य रिश्तेदार की भूमिका निभाई तेरह पुरुषों ने मायके वाले बनकर अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई इस मौके पर एस करिश्मा ने कहा कि वे कुछ पलकेले थाने को भूल गई थी उन्हें लगा कि वे मायके में है थाने में उनका शानदार वेलकम हुआ टीआई अंजना ध्रवे ने हाथ पकड़कर वैसे ही प्रवेश कराया जैसे मायके में बहने कराती हैं। गाने की धुन के साथ माहौल को और संजीदा बना दिया गया था